कटनी मुड़वारा स्टेशन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक बुजुर्ग रेलवे ट्रैक पार करते हुए दिखाई देता है और उसी दौरान ट्रेन के आने जाने से बुजुर्ग की जान पर बनाती है स्टेशन पर ये बुजुर्ग रेलवे ट्रैक को पार करते हुए दिखाई देता है लेकिन कम दिखाई सुनाई पड़ने के कारण बुजुर्ग को ट्रेन के आने का पता नहीं चल पाया और बुजुर्ग की जान पर बनाती है जिसके बाद रेलवे टेक्नीशियन ने सूझबूझ से बुजुर्ग को बचाया ट्रेन के सामने आते ही बुजुर्ग को धक्का देकर बचाया गया और स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो जाती है आप देख रहे हैं दखल न्यूज